आओ फैन चले ना ना ना क्लास बच्चों जीवा में तुम गुरु बनाओ समझ ना जरा यार वाला किनारा बनाओ यार हो जाए